भोपाल नगर निगम कर्जे में है विकास कार्यो को ठीक तरह से नहीं कर पा रही है भोपाल की सड़कों पर चलना मुश्किल है क्योंकि सड़कों का मेंटेनेंस ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है तो वहीं दूसरी ओर नेताओं और, और अधिकारियों को खुश करने के लिए उन उन्हें फूल मालाएं और बुके देने के लिए डेढ़ करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया गया है भोपाल की सड़कों के हालात ठीक नहीं है सड़कों का मेंटेनेंस ठीक तरह से नहीं हो रहा है और न ही सड़कें बन पा रही हैं, इतना ही नहीं शहर के अंदर सिविल लाइन की समस्या आज भी बनी हुई है नालियां ठीक तरह से नहीं है क्योंकि ठेकेदारों का पेमेंट नगर निगम ने अभी तक नहीं किया है ड्रेनेज सिस्टम की कहानी भी किसी से छिपी नहीं है विकास कार्यो की पोल लगातार नगर निगम की खुल रही है और नगर निगम सिर्फ यह कह रहा है की उसके पास पैसे की कमी है और उसे कर्जा लेना पड़ेगा वही दूसरी ओर नगर निगम नेताओं और अधिकारियों को खुश करने के लिए उन्हें फूल मालाएं पहनाने जा रहा है और बकायदा इसके लिए डेढ़ करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है निविध सूचनाएं जारी कर नगर निगम ने तमाम प्रकार के आयोजनों में फूल मालाओं भूखे फ्लावर डेकोरेशन के लिए डेढ़ करोड़ रुपए का टेंडर निकाल दिया है और तीन दिन के अंदर यह टेंडर किसी को मिल भी जाएगा जबकि हाल ही में बिजली का बिल न जमा करने के चलते नगर निगम के द्वारा लगाई गई शहर में स्ट्रीट लाइटों से बिजली की सप्लाई को बंद कर दिया गया था जनता को तो नगर निगम सुविधा नहीं दे पा रही लेकिन कार्यक्रमों में फूलमाला देने के लिए डेढ़ करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार है जो जनता से टैक्स के रूप में वसूली जाती है नगर निगम की इस फिजूल खर्ची पर नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जकी ने आपत्ति दर्ज कराई है उनका कहना है कि जहां एक और नगर निगम कमिश्नर फिजूल ना करने की बात सबसे कहते हैं तो वही दूसरी ओर डेढ़ करोड़ के टेंडर सिर्फ फूलमाला पर बर्बाद करने के लिए निकाल दिए गए हैं जो गलत है नेता प्रतिपक्ष ने इस टेंडर को तत्काल निरस्त करने की मांग भी की है बिल्कुल बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे जनता को मूलभूत सुविधा दे नहीं पा रहे सड़क टूटी हुई पड़ी है सीवेज सिस्टम खराब है पानी की पाइपलाइन टूटी पड़ी है ऐसी स्थिति के अंदर हम नगर निगम का पैसा बर्बाद करना कहीं से उचित नहीं है कमिश्नर नगर निगम को चाहिए जब नगर नगर निगम के अंदर कोई पैसा नहीं है तो डेढ़ करोड़ रूपये का टेंडर निकालना अवैधानिक अनुचित है क्यूँकी ये जनता का पैसा है जनता के पैसे का दुरुपयोग और इस दुरुपयोग करने के लिए नगर निगम नहीं है और टैक्स वसूल कर रहे हो तो पहले जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखें और ये तत्काल प्रभाव से इस टेंडर को कैंसिल कर देना चाहिए गौरतलब है की आयोजनों आरोप फूलमाला के लिए डेढ़ करोड़ रुपए खर्च करने को लेकर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भी आपत्ति ली है उनका कहना है की अधिकारियों ऐसी चर्चा कर इस संबंध में बात की जाएगी की आखिर इस तरह के टेंडर निकालने की क्या जरूरत पड़ गयी आपके द्वारा विषय संज्ञान में लाए गए